हाँ दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे टेबल लिखना और कितना हम बड़ा टेबल हो उस टेबल को हम लोग ओनली दो सेकेंड में टेबल को पूरा लिख सकते हैं चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहां पे लिखेंगे दो नीचे लिखेंगे चार साइड में लिखेंगे थ्री और फिर लिखेंगे सिक्स और इस टेबल को चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे प्लस काइकन बनाएँगे जितना बड़ा टेबल चाहिए उतना बड़ा टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ठीक नीचे प्लस का आइकन फिर बनाएंगे और नीचे खींच देंगे देखिए हमारा टेबल बन के आगे और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू